नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे सिंह राशि के उन तमाम जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो कि जनवरी माह में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी ये जानना चाहते हैं दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतय विवाहित सर्व ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग मांगलिक कार्य करिए अपना राशिफल देखिए तो जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए तो इसी प्रकरण में आज हम आगे बढ़ेंगे साथ ही साथ इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन दर्शकों आगे बढ़ने उससे पहले बताना चाह रहे हैं कि जनवरी माह में आपके शहर में हमारा आगमन हो रहा है जो कोई भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण थ्रू कॉल हमसे करवाना चाहते हैं पर्सनली हमसे मिल करके करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए एक दृष्टि इस पर डाल लेते हैं तो छह तारीख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 व्रत एवं त्यौहार के बाद अब दर्शकों बढ़ते हैं ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है क्योंकि जो राशिफल बनता है ये ग्रहों के आधार पर नक्षत्रों के आधार पर बनता है तो ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कर है आप लोगों की स्क्रीन पर एक चार्ट है आप लोग देख लीजिए मंगल सुख के घर में अर्थात स्वग्रही वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं जुपीटर गुरु का जो है Uh, मेधा ट्रांजिट हो चुका है पाँच नवम्बर को तो जुपिटर अपने घर में आ गए हैं पंचम स्थान पर आ गए हैं यहाँ पर इनका साथ मिला शनि और केतु का और सूर्यदेव भी यहाँ पर पंद्रह तारीख तक देखिए रहेंगे पंद्रह के बाद से सूर्यदेव फिर मकर राशि में आएंगे बुद्ध के साथ तो गुरु शनि केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य बुद्ध मकर राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं पर शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये सेवेंथ हाउस में मतलब कुंभ राशि में आपके संचरण कर रहे हैं वहीं राहु एकादश स्थान पे गोचर कर रहे हैं चंद्रमा को यहाँ पर मानक मान के राशिफल तैयार किया गया है तो दर्शकों इन्हीं आधार पर जो है ये माह कैसा जाएगा सिंह राशि के जातकों का इस पर हम चलते हैं तो दर्शकों देखिये सबसे पहले बात करते हैं कि आपके अच्छी चीजों से शुरुआत करते हैं चूंकि नया साल है तो सुख के घर में मंगल का स्वग्रही होना अर्थात आपके जो सुख के लौड़ बनते हैं मंगल बनते हैं मंगल अपने घर में आ गए तो जरूर इस माह आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलने का योग है कोई ना कोई जमीन का टुकड़ा आपको मिलेगा गड़ा हुआ धन मिलता है जो कि फोर्थ हाउस जो होता है ये गड़े हुए धन का भी होता है इसके साथ साथ कोई लग्जरी वाहन आप खरीद सकते हैं क्रय कर सकते हैं तो सिंह राशि के जात को फोर्थ हाउस से रिलेटेड सारे सुख आपको मिलेंगे लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा साथ ही साथ यदि आपकी माता बीमार चली आ रही थी तो उनके स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जनवरी माह में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा इच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी एक चीज़ और बता दें क्योंकि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं इस माह आप पा करके रहेंगे खास करके जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में हल राशि के जात एक बात आपको और बता दें मंथ के शुरुआत से ही व्यस्ततापूर्ण शुरुआत आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी जब आप करियर की बात आएगी तो इस साल भी आप अपने जुझारू और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण सफल रहेंगे इसमें कुछ भी मुफ्त में आपको नहीं मिलेगा पहले आपको अपना काम समय पर करना होगा निपटाना होगा उसके बाद ही आपको सब चीज़ प्राप्त होगा दुर्भाग्य से इस साल इस माह आपका पीछा छूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस माह आप बहुत ज्यादा परिपक्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर के विवाह चला आ रहा था तो वो विवाह भी इस माह दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो विवाह के मामलों में इस माह आपका विवाह का रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है रिश्ता आपका तय होगा और सिंहराश के जात को कोई नया प्रेम संबंध इस माह इंतजार कर रहा है तो नए साल की शुरुआत रहेगी नया प्रेम संबंध आप लोगों के लिए रहेगा लेकिन दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे अति सर्वत वर्जित अति मत करिएगा किसी का दिल मत तोड़िएगा क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं केतु बैठे हुए हैं तो 24 जनवरी तक की स्थिति बड़ी थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है और उससे भी पहले एक तारीख से लेकर के चौदह तारीख तक की जब तक सूर्य नारायण शनि और सूर्य का यहाँ पर कॉम्बिनेशन धनु राशि में बनेगा जो कि अच्छा नहीं है प्रेम संबंधों में तो आपको अनायास ही अपने पार्टनर के ऊपर शक करने की आदत रहेगी ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दूसरा आपकी संतान को जो है कोई चोट इत्यादि लग सकती है तो आपको अपनी संतानों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कुछ स्टूडेंट जो हैं जो कंपटीशन क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी तो आप लोगों को मन लगा करके यहाँ पर पढ़ने की सलाह दे रहे हैं सितारे इसके साथ साथ देखिए आपके लग्न के लॉर्ड पहले तो पंचम में रहेंगे उसके बाद पंद्रह तारीख से लेकर के छठे में चले जाएंगे तो कोई ना कोई अज्ञात भय कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई आपको भय मुकदमेबाजी में भी इसमें बढ़ा सकते हैं फंसा सकते हैं तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में भी आपको राहत मिलती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रही है इस माह आपको कोई चोट लग सकती है चिकित्सक के पास आप सलाह जो है चिकित्सीय इलाज कराने के लिए पहुँच सकते हैं कार्यों में इस माह आपको सफलता मिलेगी निश्चित है आर्थिक उन्नति के अच्छे योग बन रहे हैं मतलब धन आपके पास अच्छा आएगा एकादश स्थान का राहु वो भी उच्च का तो आपको धन अच्छा दिलाएगा आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी पारिवारिक एवं दांपत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा सुखमय रहेगा आपके विरोधी परास्त होंगे घर के लिए दैनिक उपभोग की जो सामग्री रहेगी इसके साथ साथ विलासता की सामग्री भी क्रय करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आपकी प्रगति होती हुई दिखाई पड़ रही है ललित कलाओं में ख्याति प्राप्त होगी यदि आप बॉलीवुड हॉलीवुड या आप कोई जो है मतलब कलाकार हैं तो उसमें आपके स्टेज शो होंगे परफॉर्मेंस होंगे और एकाएक अचानक से आप आगे बढ़ेंगे शासक पक्ष से आपको लाभ होगा सरकार पक्ष से लाभ होगा सत्ता पक्ष से लाभ होगा और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी स्थान परिवर्तन का जो योग आपका चला रहा था ये स्थगित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ स्थाई संपत्ति अर्जित करने के योग है फोर्थ हाउस लग्जीरियस मकान का है तो कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जो स्थाई होगी और इसको आप अर्जित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक बात और बता दें दर्शकों आपके राशि स्वामी सूर्य का गोचर अनिष्टकारक होने से स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित होगा तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा प्रशासनिक अधिकारियों से आपके बाद विवाद हो सकते हैं यात्राओं में दुर्घटना का भय रहेगा एक चीज़ और बता दें अभी जब हम उपाय बताएंगे इन उपायों को आप प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये उपाय जो होते हैं ये ऐसे हैं जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है और आपने छाता खोल लिया भीगेंगे आप हल्का फुल्का छिट्टी पड़ेगी लेकिन बच जाएंगे भीगेंगे भीगने नहीं देंगे एकादश स्थान का राहु आपको धन दिलाएगा अगेन लेकिन ऐसा कोई धन मत लीजिएगा कि जिसमें आगे चल करके आप लोगों की नाक कटे बेज्जती हो या आप लोग जो है जेल यात्रा कर पाएं तो देखिए राहु पैसा अच्छा देता है ऐसी बात नहीं है लेकिन अनीति के जो है साधनों से आप लोगों को धन नहीं कमाना रहेगा अब बढ़ते हैं उपाय की ओर उपाय क्या करना है तो प्रतिदिन सुबह उठिए महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना रहेगा दूसरा अपने लग्न के स्वामी को आप प्रसन्न करिए सूर्य देव को प्रसन्न करिए सूर्य देव को प्रसन्न कैसे करेंगे तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके वेद मंत्र है गायत्री मंत्र इसका आपको जो है इक्कीस बार इक्यावन बार जो कि यथासंभव आपकी शक्ति हो उसका दान कर जो है जप करिए तीसरा हम आपको बताएं दे रहे हैं कि वाले दिन, के दिन, से के बीच में आपके ब्लड में नमक नहीं घुलना चाहिए दूसरा गेहूं गुड़ शहद और तांबे का दान आपको रविवार के दिन धर्म स्थान पर करना रहेगा किसी युवक को करना रहेगा पिता तुल व्यक्ति को करना रहेगा पिता के पैर प्रतिदिन सुबह उठ करके आपको छूने रहेंगे और अगर हो सके तो आप लोगों को दंडवत प्रणाम करने की यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आपको धन संबंधी अच्छा लाभ हो तो करना क्या रहेगा प्रत्येक शुक्रवार को शिवलिंग पर आपको अनार के रस से नमा शिवाय मंत्र से अभिषेक कराना रहेगा यदि आप ये इतने उपाय दर्शकों कर ले गए तो यकीन मानिए कि आपका जो है ए, मतलब ये जो माह रहेगा जो नववर्ष रहेगा इसको अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता अब चलते हैं इस माह के प्रमुख आप लोगों के लिए जो लकी डेज हैं कि कौन कौन से भाग्यशाली दिन हैं इस पर चलते हैं तो सब सर्वथा भाग्यशाली दिन है एक तारीख है इसके बाद पाँच तारीख है छः तारीख है आठ तारीख है फिर है चौदह तारीख है आपकी फिर है बाईस तारीख छब्बीस तारीख और इकतीस तारीख प्रतिकूल दिवस की ओर चलते हैं तो चार तारीख नौ तारीख 11 तारीख 13 तारीख 15 तारीख 17 तारीख 19 तारीख 21 तारीख 24 तारीख और 29 तारीख तो ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस है इनमें आपको अपने आप को थोड़ा सा बचाना रहेगा अब बढ़ते हैं आपके भाग्यशाली कलर की ओर क्योंकि इस माह आप कौन से ऐसे कलर का प्रयोग करें जो आपके लक में साथ दे तो भाग्यशाली कलर सबसे ज़्यादा आपके लिए इस माह रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और दूसरा रहेगा पीला रंग येलो कलर इन दो कलर का प्रयोग करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं वहीं सर्वाधिक भाग्यशाली अंक आपके लिए एक नंबर और पाँच नंबर रहेगा इन अंकों का प्रयोग करके आप लोग शेयर मार्केट में या लॉटरी जो भी आप लोग फॉरन वगैरह में जो है चलता हो आप लोग देख सकते हैं तो दर्शकों यह तो था ओवरऑल सिंह राशि के जनवरी माह का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है मूलांक से संबंधित राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है इच्छुक दर्शक यदि आप लोग भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आप लोग यहां पर जा कर के देख सकते हैं दूसरा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके विश्लेषण करवा सकते हैं जाते जाते दर्शकों आप लोगों से अपील करेंगे कि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बदल में बना बेल आइकन दबाइए और ज्योतिष संबंधित तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक की पहुँचती रहेगी इसकी हमारी जिम्मेदारी रहेगी इन्हीं सब के साथ नौ वर्ष की अन्य शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं जय श्री राम